बिस्मिल्लाम्सम नादरी हमारी बात चल रही थी बिल्किस बानू की जिनका 2002 हज़ार दो में के गुजरात दंगों में रेप हुआ और उसके परिवार के सात लोगों को मार दिया गया और ये हमारा तीसरा भाग्य है उसी पर तो क्या बिल्किस बानू को मामले में न्याय हुआ है इस पर हमने बात की है प्रो वरिष्ठ न्यायाधीश से बात की बीबीसी से बात करते हुए जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के प्रो चीफ जस्टिस बशीर अहमद खान ने कहा है कि इस मामले में दोषियों की सजा माफी का फैसला रेप के कानून का रेप होने जैसा उनके मुताबिक यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण अनुचित प्रेरित मन बनाना और न्याय के सभी मान मानदंडों के विपरीत हैं जस्टिस बशीर अहमद खान कहते हैं कि ये फैसला बदनीति से दिया गया है और ये एक पक्षपाती फैसला है क्योंकि फैसला लेने के लिए गठित समिति समिति में एक ही राजनीतिक दल के लोग हैं और ऐसी सरकारी कर्म ऐसे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं जो उस पार्टी की सत्ताधारी सरकार के साथ थे गुजरात सरकार ने कहा है कि इस मामले के दोषियों की सजा उन्नीस सौ की नीति के आधार पर माफ़ की गई इस पर जस्टिस इस पर जस्टिस बशीर अहमद खान कहते हैं कि एक कानूनी प्रोधान की आप कई व्याख्याएं कर सकते हैं उसमें से ये भी कहा जा सकता है कि 1912 की पॉलिसी को देखा गया जो उस समय लागू थी जब अपराध हुआ था दूसरा तर्क यह है कि जब सज़ा माफ़ी का फैसला लिया जा रहा है उस वक्त जो पॉलिसी लागू है उसे देखा जाना चाहिए मेरी नज़र में ये ऐसा मामला नहीं जिसका फैसला किसी तकनीकी बिंदु के आधार पर होना चाहिए ये एक मानवीय मामला है इस फैसले से एक बार फिर पीड़ितों की जान को खतरा पैदा हो गया है जब आप उनकी रक्षा कैसे करते हैं ये सवाल है जस्टिस बसीर अहमद खान कहते हैं कि गुजरात सरकार को एक ऐसी समिति बनानी चाहिए थी जो निष्पक्ष हो यह एक चौंकाने वाला फैसला है यह फैसला लेकर आप यह तरक दें कि उन्नीस की पॉलिसी के आधार पर लिया गया है तो मेरी नजर में बहुत ही बेतुका फैसला है आगे कहते हैं जस्टिस बसीर कहते हैं के निर्भया मामले के बाद कानून को और सख्त बनाया गया और बलात्कार को लेकर जो वर्तमान सोच है उसके हिसाब से भी ये एक उचित निर्माण नहीं है और ये मानवीय तकों को पूरा नहीं करता मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदाफिज़ बना रही है हमारे साथ में और हम इसी कहानी को रेगुलर रखेंगे बिस्मिल्लामारी रही तो हमारी बात चल रही थी फिर किस बानू की और ये हमारा चौथा भाग है और जस्टिस बशीर खान कहते हैं उनके मुताबिक इस सजा माफ़ी पर विचार करते हुए देखा जाना चाहिए था कि क्या ऐसे फैसले से पीड़ित के साथ इंसाफ़ किया जा रहा है या निर्माण भेदभावपूर्ण है